so a mitale alage nehiyo to hai se tai si ji aap mane sane bahiya to hai bolambe na टूटे ने एक न एक दिन टूटी जाते उम्मीद करना नहीं आखिर उम्मीद करना नहीं और फिर भी ना हम अपने दिल से उसे कभी भुला नहीं पाते वो आशिक भी ना कितना तो राजा क्या इजहार करना ही प्यार है इजहार करना ही प्यार है इंतजार करना प्यार नहीं इंतजार तो करना प्यार नहीं किसी को पा लेना ही प्यार है? उसको सिर्फ़ चाहना प्यार नहीं अगर उसके सारे ख्वाहिशों को पूरा करना प्यार है तो उसकी कि जब चोट उसको लगे ना दर्द दर्दे ना दबाखों में सासूस के आए और दो तो भारी आपका हो गया आपको ही आंखों में इशारे हो गए उन्होंने भी आपको देखकर कर मुस्कुरा दिया प्यार हो देखकर आज कुछ बात हुई कल मुलाकात हो गई और प्यार हो वक़्त लगता है प्यार में वक्त लगता है प्यार में ये दो चार मुलाकातों में बात नहीं बनती मुलाकातों में बात समय लगता है किसी को समझ समय लगता है किसी को समझ समय लगता है किसी को प्यार करने अपने आप में बहुत बड़ी बात प्यार करने अपने आप में बहुत बड़ी बार एक तरफा हो ना तो पियर फैक्टर की मब राजा वन राजा, राजा.